हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब आई होफ़ अच्छे होंगे मैं के पी आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों देख सकते हो यहां पर ये शताब्दी नगर का आर का स्टेशन वो सामने दिखाई दे रहा होगा अभी यहां पर ये पिलर बनाया जा रहा है देखो फाउंडेशन यहाँ इन्होंने बना दिया है ये ये क्या नाम है पायल तो कर दिया है देख सकते हो ये पिलर चमक ये वाला और ये पिलर अभी इसका यहाँ पर ये फाउंडेशन बनाया जाएगा और ये नाला जा रहा है देख सकते हो तो अभी यहाँ पर ये पिलर को जोड़ने का काम किया जाएगा देखो सारे पिलर तो ये बनके कंप्लीट कंक्रीट से ही हो चुके हैं सारे पिलर बन गए उधर उसमें कंक्रीट भरा जा रहा है और बीच में इसमें अभी ये बीम रखा जाएगा बीम रख के फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो देख सकते कुछ ये वर्क चल रहा है आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को तो इधर मिट्टी पड़ी हुई है ये सारे में ही इन्होंने फाइल कर दिया है दोस्तों फाइल करने के बाद में फिर इसको पिलर को खड़ा किया जाएगा यहाँ पर फाउंडेशन बनाया जाएगा तो चलते हैं आगे और देख सकते हो कुछ यही सीन है यहाँ का तो यहाँ से मैं इधर से निकलता हूँ ठीक है इधर से देखते हैं कुछ ऐसा सीन है भाई हो हो हो तो इसके बीच में थे निकल गए हम दोस्तों सीन कुछ ऐसा है यहाँ पे ये देख सकते हो ये शताब्दी नगर का आर का स्टेशन है दोस्तों ये देखो ये पाइप निकाले हैं डाले इन्होंने समझ में नहीं आ रहा तो अभी तो देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने ये रिंग लगाए जा रहे हैं और रिंग लग जाने के बाद में फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा दोस्तों और जो शताब्दी नगर का स्टेशन है कौन कौन लेवल का था काम पहले ही कम्प्लीट हो गया था फ्लोर कर लिया जा चुका था अब उसके बाद में इस पर जो वर्क चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है प्लेटफॉर्म लेवल का और नीचे इसमें देखो दीवारें बनाई जा रही हैं दीवारें उठाई जा रही हैं तो तस्वीरें देख सकते हो कुछ यही है वर्क तो चल रहा है यहाँ पर इसे देखो ये जोड़ने का यहाँ पर ये अब इस पे फ्लोरिंग का काम किया गा जाना देखो सेटरिंग बिठाई जा रही है वो देख सकते हो दोनों साइडों में कुछ यही सीन है यहाँ का ठीक है यहाँ पर निकलते हुए चल रहे हैं पर जो प्लेटफॉर्म के आपको बता दूं जो प्लेटफॉर्म लेबर की जो आपको बता दूँ जो ट्रैक रहेगा वो ट्रैक बनाने के काम चल रहा है दोनों साइडों ये देख सकते होटरिंग लगी हुई है कुछ यही क्यों है यहाँ पर चलते हैं हम आगे दूसरी साइड में दिखाते चल के आप सभी को कि दूसरी साइड में क्या कुछ वर्क चल रहा है वो आप लोग देखेंगे इस वीडियो में जा तो देखो ये चल हाँ रहा है यहाँ पर इधर की साइड में यह एंट्री एक्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है ठीक है और इस साइड में कभी नहीं बनाया जा रहा है तो स्लो डाउन आप लोगों को तो देखने के लिए मेरे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर स्लो डाउन है ज़्यादा इस वजह से नहीं रहा है देख सकते हो यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं अंदर की साइड में अभी आपको उधर से दिखाएँगे चल के कि किस तरीके से ये ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं तो आप लोगों को दिखाएंगे इधर की साइड में देखो ये बना रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ये देखो ये यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है शताब्दी नगर के इस्टेसन पर तो देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके से ये जाल बनाया जाता है और जाल बना फिर इसको पाट दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो यही वर्क चल रहा है शताब्दी दिन करके स्टेशन पे देखो वो उधर टीम लगी हुई है चलो दिखाते हैं उधर का नज़ारा आप सभी को यार तो देखो ये वर्क चल रहा है यहाँ पर इसका फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है और तो फ्लोरिंग का काम कर देने के बाद में दोस्तों फिर इसको जोड़ दिया जाएगा देखो पर यहाँ पर जो टीम लगी हुई है वो एल की टीम है देखो टीम कितने मज़े ले रही है यहाँ पे, कुछ यही थी नहीं यहाँ पर तो ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है ठीक है दोस्तों देखो सारे में कर लगे हुए हैं तो यही अभी शताब्दी नगर का स्टेशन पर काम चल रहा है अभी देखो कितने मज़े ले रही है टीम यहाँ की क्योंकि एल की टीम है मज़े ले लेकर काम करना चाहिए ठीक है ठीक है के पी संत के पी संत के पी संत तो के पी संत कल आ जाएंगे कल नहीं वीडियो बन रही है। अभी लाग नहीं है YouTube चैनल के लिए हाँ ये कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं स्टेशन कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ठीक है दोस्तों देखना केपी संत नाम है केपी संत ठीक है केपी संत देखो ये टीम लगी हुई है इसमें ड्रेनेज बना रही है तेजी के साथ में देखो इस ये तो फ्लोरिंग का काम कर दिया है और इसकी ये दीवारें बॉल बनाई जा रही हैं इनमें कंक्रीट भर दिया जाएगा फिर इसको पाट दिया जाएगा तो अभी डाइवर्ट करवा दिया गया है उधर की साइड पर देखो कुछ ये है इस नाम से के पी संत नाम है देखो हाँ ठीक है दोस्तों तो यही वर्क चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन का तेजी के साथ में ठीक है इसका ड्रेनेज बनाया जा रहा है शताब्दी नगर के स्टेशन है ये मेरठ में पड़ता है दोस्तों और देख सकते हो आगे ठीक है ना तो ये आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा आप सभी को और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक कर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नहीं रेड कलर का बटन उतना प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों पर ये देख सकते हो ये सारे में ही ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम चल रहा है क्योंकि नाला है उधर में देखो आधा पार्ट दिया चुका है आधे पर काम चल रहा है जो कि अभी ये टीम मजे ले रही थी तो अभी इधर भी जो देखो जोड़ा जाएगा दोस्तों तो यही है देखो ये सारे में पिलर बन चुके हैं पिलर कैप का, का काम किया जाना है तो इस पिलर कैप का, का काम हो गया बीच वाले पर तो अभी इसमें टाइम लगेगा दोस्तों बनने में क्योंकि इसका सारा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है देखो ये चल रही है खुदाई यहाँ पर टीम लगी हुई है कुछ इस तरीके से बना रही हैं ये देखो ये सारा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है वहाँ तक सीधा सीधा ये बनाया जाना है दोस्तों देखो टीम कितनी लगी हुई है और वो जे लगा हुआ है पर जो मिट्टी की खुदाई कर रही है और जो जो पाइप थी वो इसको निकाला जा रहा है तो यही काम चल रहा है अभी इसके शताब्दी नगर के इस्टेसन पर दोस्तों ये देखो कुछ ये काम है यहाँ का जो किया जा रहा है प्लेटफॉर्म लेवल का ही काम चल रहा है अभी इस टाइम पे इस पर अब चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे क्या चल रहा है वो आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा ये वर्क चल रहा है यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाने का ठीक है दोस्तों और यह आ जाता है सॉपॉल ये देख सकते हो ये सॉपरिक्स माहौल है यहाँ पर और उसके सामने ये शताब्दी नगर का स्टेशन बनाया जा रहा है ठीक है दोस्तों देखो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है कुछ इस तरीके से देखो ये बनाया जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हो आप लोग तस्वीरें और एक पिलर यहाँ पर बना दिया है जिस पर अभी पाइल तो कर दिया इन्होंने पायल करने के बाद में फाउंडेशन भी बन चुका है और फाउंडेशन बनने के बाद में दोस्तों आप देख, सक, देख सकते हो इसमें ये रिंग भरे जाएंगे रिंग लगाने के बाद में फिर इस पे कंक्रीट भर दिया जाएगा पिलर बन जाएगा और ये बन रहा है ड्रेनेज सिस्टम ये देख सकते हो सारे में ही यही वर्क चल रहा था था था था था था था। है अभी इस टाइम पे तेज़ी के साथ में दोस्तों ठीक है हाँ ठीक है तो देख सकते हो सारे पिलर अभी बनने बाकी रह गए हैं क्योंकि अब चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आपको आगे जो इस्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा तो ड्रेनेज को बनाया जा रहा है देखो सारे ये बनाए जाएंगे तो गाय से यहाँ से चलते हैं अब चलेंगे ब्रह्मपुरी के स्टेशन को दिखाते हैं चल के आप सभी को तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और देख सकते हो अभी यहां पर बहुत स्लो काम चल रहा है मेरठ के अंदर में अभी तो आपको बता दो पाइल करके और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है तो कहीं कहीं इसमें जो पिलर के स्ट्रक्चर में है उसमें रिंग लगा के कंक्रीट भरा जा रहा है कहीं कहीं पाइल किया जा रहा है तो देख सकते हो यहां पर अभी ये पिलर बनाए जाने हैं दोस्तों और ये जो पिलर बन के कंप्लीट ये जो बन गए हैं इनके स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है तस्वीरें देख सकते हो इनमें अब सेटिंग लगाई जा रही सेटरिंग लगा के इनमें अब कॉन्क्रीट इन पिलरों में ये भरा जाएगा दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो आगे इसमें कॉन्क्रीट भर दिया जा चुका है इसमें भी भरा जाएगा अभी तो यहाँ से आपको बता दूँ थोड़ा सा ये कर्ब ले, ले लेगा और फिर ये साइड में चलेगा क्योंकि आगे आपको देखने के लिए मिलेगा फ्लाई तो फ्लाई के राइट साइड में थोड़ा कर्ब ले लेगी फिर ये फ्लाई के बगल बगल से ही जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर ये पिलर पहले ही बन के कम्प्लीट हो चुके थे और देख सकते हो यहाँ से ये थोड़ा सा कर्ब ले, ले लेगा और देख सकते हो ये फ्लाई के साइड में आ जाएगा दोस्तों ये देख सकते हो तस्वीर ये देखो यहाँ पर ये लॉन्चर लगाया गया था और आगे लॉन्चर जोड़ता हुआ जा रहा है ब्रह्मापुरी के स्टेशन पर स्टेशन की साइड में जो कि आर आर टी के इस्टेसन है फिर उसके बाद में ब्रहमापुरी के स्टेशन से स्टार्ट होगा ये दोस्तों आगे जाकर जो मेट मेरठ सेंट्रल है वहाँ से ये अंडरग्राउंड हो जाएगी दोस्तों और अंडरग्राउंड होने के बाद में फिर ये निकलेगी वैशाली में इसका अंडरग्राउंड इस्टेसन होगा और ये बेगम में जाके इसका एंड हो जाएगा जो कि टनल बनाई जा रही तो देख सकते ये लॉन्चर लगा हुआ है और बहुत ही स्लो काम कर रहा है ये लॉन्चर दोस्तों क्योंकि पिछली मैंने महीने दो महीने पहले वीडियो बनाया था तब भी ये लॉन्चर इन्हीं पिलरों को ही जोड़ रहा था तो बहुत मंदा मंदा बहुत मंदा मंदा काम चल रहा है दोस्तों देख सकते ये लॉन्चर कुछ इस तरीके से बायोडेक्ट को जोड़ता है सारे जो एक पिलर से दूसरे पलर के बीच में जितने भी जो सेगमेंट हैं वो एक ही साथ उठा लेता है और फिर इसको जोड़ा जाता है दोस्तों तो यही सीन है यहाँ का मेरठ का और आगे आने वाला है ब्रह्मपुरी का स्टेशन तो ब्रह्मपुरी का स्टेशन भी दिखाते हैं कि वहाँ पर कितना कुछ वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर तो देख सकते हो ये पियर कैप लगाया जा रहा है पियर पर दोस्तों ऐसे ही इधर भी किया जाएगा दोस्तों तो ये देख सकते हो सारे पीयर कैप का पियर पर काम किया जाना है क्योंकि इसमें बीम डाला जाएगा और बीम डाल के फिर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों तो यहाँ तक ये स्टार्टिंग हो जाती है जैसे ही फ्लाइबर उतरेगा वैसे ही ब्रह्मपुरी का स्टेशन स्टार्ट हो जाता है तो देख ये देख सकते हो दोस्तों ये चल रहा है ब्रह्मपुरी का स्टेशन और ब्रह्मपुरी के स्टेशन पर बहुत सारा काम है दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना नीचे रेड कलर का बटन हो तो प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहो के संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो ब्रह्मापुरी के स्टेशन पर अभी बहुत सारा वर्क करने के लिए है जो कि बहुत स्लो काम चल रहा है यहाँ पर क्योंकि अभी मार्च में ये रेपड चलाई जानी तो इसलिए वर्ग चला तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबी